ये हम नमस्कार सभी को हम हमारी तरफ से और आज हमारे गांव का ब्लॉग बना रहे हैं थर्ड चप है ये और आज हमारे ये गांव में ये बड़ी बड़ी घड़ियां हैं और ये हमारी दुकान है शॉप है और ई मित्र का काम चलता है और, और ये शॉप की एंट्री करा रहे हैं देख लो ये कस्टमर आ रहे हैं बाइक पे और ये कस्टमर उतर चुके बाइक से और ये जीप आ गई स्कूल से बच्चे पढ़ाई करके आए हैं और बढ़िया पढ़ाई होती है यहाँ पे हमारे गांव में ही थोड़ी सी दूर भी स्कूल है ये हमारे सर हैं जो कि जीप चलाते हैं और ये जीप जीप, को उनके घर पे लगा रहे हैं। अपने घर पे पे लगा लगा रहे रहे हैं, हैं हैं, अपने और ये हमारे कस्टमर सामान लेके से निकल चुके हैं। अभी ये बाइक चलाएंगे और, और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो कमेंट में जरूर बताएं कैसी लगी वीडियो और हमारा इंस्टाग्राम टॉप करैक्टर्स चैनल है और प्लीज़ आप लाइक जरूर करें और हमारा न्यू ब्लॉग न्यू अपडेट आता रहेगा डेली बाय डेली और बेलकन बेल आइकन बेल जरूर दबाएं थैंक यू धन्यवाद आपका जो हमारी वाचिंग वीडियो करते हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये कस्टमर हमारे निकल चुके हैं यहाँ से और गए चले गए हैं ये लोग कस्ट धन्यवाद